बाड़ी, गारमी, गारमी, हो से हो को भर जाता मोर ढोरी मोरता ले ले लिया जो खाती को खा पी लुस का है अरे सुनी था रिजल्ट निकलता है हाँ खेल हो गया ना ऊपर से नीचे वाले पूरा झाड़ दिया जा घूम जाओ जहा बजा बताई थे चला देखा जो नहीं तो नहीं देखा चाहिए चलते पहले बाजार घूम के आवे मिले हुए Two hours later. भैया। भैया। होएगा। होएगा? ना भा? सप्ताह तो हो हो तो भा? बहू तू करो बेरोजगार बा कर नहीं के